इस छोटी सी दुनिया में जब हमारी आंख खुली तो उस पर सिदारों की चादर थी एक लावारिस बच्चे की तरह हमें दरवाजे पर छोड़ दिया गया था, ब्रह्मांड कैसे बना न ही हमें कॉस्मोस में अपने अकेलेपन को कैसे दूर करें ये सब कुछ हमें खुद ही पता करना था शुरू से ही हमें एक बात का फायदा हुआ हमारी इंटेलिजेंस का खासकर पैटर्न पहचानने की हमारी काबिलियत का इन कुदरती पैटर्न्स को पहचानने की काबिलियत का इस्तेमाल हमने आसमान में बने कैलेंडर को पढ़ने में किया सितारों से लिखे इन संदेशों ने हमारे पूर्वजों को बताया कब किस जगह रुकना है कब बढ़ना है कब जानवरों के झुंड गुजरेंगे और कब बारिश या सर्दियां आएंगी और वो कितनी देर रहेंगी जब उन्होंने देखा की तारों की गति और पृथ्वी पर मौसम के बदलावों में एक सीधा संबंध है तो जाहिर है उन्हें यही लगा की ऊपर आसमान में जो भी होता है उसका असर नीचे धरती पर पड़ता है और ये तो होना ही था उन लोगों के लिए आसमान एक कैलेंडर की तरह था इसलिए उसमें होने वाली हलचलों को देखकर वो अगर अंदाजे ना लगाते तो और क्या करते